I just need some time I'm trying to think straight I just need a moment in my own space As we are doing I say okay Yeah Kaine duriyan koi hum nahi hai Aaj bhi tu aaya na Tum on kal bhi nahi Chitti avi paya La calle ahínay Oh to the walls of the rage to the walls of the lost no way Love me like you do, la la. Love me like you do, love me like you do, la la. Love me like you do, touch me like you do, ta ta. Touch me like you do. Don't you love me? Oh, you're not sorry for ya. Can't even touch me. Just don't love me. सुन के ताज़ा, आज गए जा गुस्सा करके सारे रख तेरे से नहीं रखने मेरा मान तेरे दिलसे नहीं रखने मैं तेरे लिए जरूर गए chhadta par teri yaad aati hai ya mera naam hi kar de chhadta par teri yaad aati hai ya mera naam hi kar de chhadta par teri yaad aati hai aa to the ones in a bag to the one to be lost from the way cuz it's been started हाथ रबे अके जुड़िया मैं जलो तेरे हाथों वाली हाथ तुर आ मैं तुरहा बड़ा नमें तो जावे मुड़िया वो दीने रें पन्नी जुड़ दे मैं नवा तेरे नाल नवा जुड़िया lost in the way cuz a string that caught the noise and the noise brings bad memories then maini kar de chhadta par teri yaadat pehliya dil mera bhi kar de chhadta par teri yaadat pehliya aa so what you can do i don't like it do i don't like it जा, जा, जा, जा, मैं मैं मैं मैं तेरे तेरे ख्वाब वाली रात बड़ा ना तो जावे मुड़िया पन्ने पन्ने रे नवा वांगू जुड़िया मैं लिखता हूं तेरे बारे अड़िए जाके गवा ने तारे अड़िए जो कर दे मजाको ना हस लैर देता कस दी कस लै